ओवरऑल कैसी सॉफ्टवेयर की क्लास? सीखने सीखने को मिला नहीं मिला? इसको, किसको सीखने को मिला कुछ मिला? मिला? मिला मिला? कि कि नहीं नहीं किसको कुछ नया तो यहां पे अब देखिए जो आपके हाथों में क्या है वो बताइए कितना इम्पोर्टेंट है ये अगर ओवरऑल के केवल आप ये नोट्स भी देख लोगे तो आपका सॉफ्टवेयर का रिवीजन हो जाएगा की नहीं हो जाएगा कैसे भी हो सॉफ्टवेयर की क्लास तो जैसा कि बोला जाता है इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है ये है कि नहीं है थैंक यू सो मच थैंक यू तो नमस्कार दोस्तों ये है हमारा 28 अक्टूबर का बैच तो तो 28 अक्टूबर का बैच देख सकते हैं इनका आज सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है तो इससे हम आज पूछने वाले हैं की मोहम्मद थोड़ा सा तेज बोलिएगा तो चलिए बताइए आप पहले फ्रेशर थे नहीं करते थे अब फ्रेशर है क्या नहीं है फ्रेशर तो अभी कैसा लग रहा है सॉफ्टवेयर सीखने को मिला की नहीं मिला तो तो यहाँ पे फ्रेशर नहीं सीख सकता अगर आपको को शौक्टर, को शौक्टर देख रहा है नहीं सीख आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए आप सीख पाए यहाँ पे चलिए ठीक है हमारे साथ एक स्टूडेंट और अपना नाम कहाँ से है तो आप विशाल जी ये बताइए आप पहले फ्रेशल से थे या काम करते थे मैं इसलिए पूछ रहा फ्रेशर और या फिर पहले से काम करते हैं क्योंकि जो पहले से काम कर रहे थे उनका भी करेंगे हम तो आप आपको हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहा से आप खंडवा एमपी तो आप बताइए पहले से आप काम करते थे या नहीं करते थे सॉफ्टवेयर में नहीं।, नहीं करते थे अभी कैसा लग रहा है अगर आपको कोई भी फोन दे दिया जाए तो उसकी अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कर लेंगे कर लेंगे फाइलों की डिटेलिंग नोट्स नोट्स बनाए आपने तो अगर आपको कोई फ्रेशल स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे हो सकता है क्या आ सकते है आपने सीखा की नहीं सीखा सीखा आपने दिल से बोल रहा है यार चलिए ठीक है थैंक यू हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और आप कहाँ से यूगल झारखण्ड युगल आप हमें आप नहीं, नहीं अगर आपको हम बात करें किसी फाइलों की अगर हम बात कर ले तो उसकी डिटेलिंग आप बता दोगे दो। अगर अनलॉकिंग की बात करें फ्लैशिंग की बात करें उसमें आप कर लोगे तो जो आपने सोचा क्योंकि सोफ्टवेयर कम्प्लीट हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है अभी आप सॉफ्टवेयर सीख पाए या नहीं सीख पाए मतलब आप प्रैक्टिस करना है मेहनत करना है आप प्रैक्टिस करना है मेहनत करना हो तो तो बहुत हार्ड वर्क था या, में या। आपने तो सौप्टरिके से, सौप्टरिके को आपको समझ में आएगी थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से यार चावड़ा आप हमें ये बताइए की आप पहले काम करते थे इस फील्ड में बिल्कुल आप फ्रेशर थे तो आप हमें ये बताइए की फ्रेशर बंदा यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं बस मैं बताना चाहता हूँ उसके बाद एक्सपीरियंस है उनसे भी पूछूंगा की हार्डवर्क नहीं हुआ सोचा था उधर देखिए जो तो आपने सोचा था मिला की नहीं मिला अभी आपको प्रैक्टिकल तौर से मेहनत करना है क्योंकि आप बिल्कुल आपको सारे डाटा सीट नोट सब बनाए गए अभी आपको अनलॉकिंग बेसिकली कर दी जाए अच्छा आप बताओ फ्रेशर हो क्या एक सेकंड में एफ आर पी पॉसिबल है पॉसिबल है।, है जो हमारे देख देखिए उधर देखिए जो बोलते हैं कमेंट करते हैं कि एक सेकंड में पॉसिबल नहीं है आप बताइए क्या झूठ है क्या पौसिबल पौसिबल आप आपको फेक बोल रहे हैं क्या पॉसिबल मतलब लाइव देखा आपने लाइव देखा चलिए ठीक है थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं अपना नाम और कहाँ से है अक्तर अक्तर हमें आप ये बताइए पहले सब सॉफ्टवेयर में काम करते थे नहीं सर तो आप देख सकते हैं लगभग सारे स्टूडेंट फ्रेशर ही हैं जो कुछ एक्सपीरियंस आएंगे उनसे भी उनका करेंगे आपके सामने। तो अभी फ्रेशर नहीं, नहीं है क्या मैम हाउस पकड़ता हूँ या फ्रेशर बिल्कुल जाता है ना तो कैसा लग रहा हो रहा अक्तर बहुत अच्छा का मीन्स बोल सकते हैं जो आपको देख रहा है यहाँ पे इसे हम सॉफ्टवेयर के लिए के अगर तो आपने फ्रेशर थे तो आप सीखे की नहीं सीखे जी सर चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट हो से? राहुल एमपी राहुल एम तो अब भी आपसे वही सवाल कि आप पहले काम करते थे या नहीं कर नहीं सर बिल्कुल नहीं करते थे अगर आपको अभी किसी फोन का दे दिया जाए तो आप छोटा सा सवाल बस इतना बताइए कि लावा माइक्रोमैस से आप बेस पे काम करेंगे कि किस बेस पे काम करेंगे वेरी गुड देखिए मैंने जवाब दिया तो क्या माइक्रोमैस और लावा और अब किस बेस पे होगा काम होगा सीपी और अभी आप नहीं सर आप नहीं अब मेहनत कर रही है देखिए जितने बात कर रहा तो मेहनत कर रही है तो बहुत टफ लगा क्या यहाँ पे नहीं सर प्रैक्टिकल तो सारी चीजें मिली तो पे समझा रहे हैं कुछ भी टफ नहीं नहीं है नहीं है आप समझ पा रहे हैं हाँ हमारे साथ है। तो महाराष्ट्र से।, से।, तो से आप है तो आप बताइए पहले आप सफरे पे काम करते थे क्या नहीं करते थे तो क्या करते थे आड़ाग आड़ाग पे काम करते थे और अच्छा, तो अब अब कैसा लग रहा है पहले के टॉपिक में अबेंगे मतलब हम मेहनत करनी है सर क्यूँकी जो भी इंटरफेस बताया गया विध प्रैक्टिकल बताया गया की नॉर्मल बताएगा प्रैक्टिकल बताएगा तो जो महाराष्ट्र देख रहा है उसको अगर फुल कम्प्लीट कोर्स कर रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे तो क्योंकि अभी अभी मेन अभी अभी अभी केवल मेन बचा है एमएमसी मिलन सर मिलेंगे आपसे और आपका जो हार्डवेयर कंप्लीट हुआ सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ तो कैसा लग रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीखा बहुत अच्छा सर का का पढ़ाने तरीका कैसा था अलग ही चलिए थैंक यू सो मच चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम है मोहसिन मोसिंग आप भी महाराज से साथ में हैं अच्छा साथ में आए <laughs> तो साथ में जब आप आए तो पहले से सॉफ्टवेयर में काम करते थे हार्डवेयर करते थे अगर आपको किसी चीज की अथॉल दे दी जाए या किसी चीज का घबराएंगे तो नहीं लाइव अगर कराया जाए तो कर लेंगे हार्ड है सॉफ्टवेयर लेकिन आपको इस तरह के बताया बहुत इजी है कुछ भी हार्ड नहीं जो एर आते थे ड्राइवर में या फाइलों का टूलो का सारा नॉलेज बताएगा की नहीं बताएगा जो प्रॉब्लम आती अपना नाम और से है? कहा अच्छा चलिए आप ये बताइए आप पहले से सॉफ्टवेयर में काम करते थे बिल्कुल अच्छा, तो जितने भी स्टूडेंट देखा सारे फ्रेशर है स्टूडेंट तो फ्रेशर क्या नहीं नहीं तो चलिए आप इनके चेहरे से, से ही देख सकते हैं हमेशा हार्डवेयर में भी देख देखा इनको सॉफ्टवेयर भी देख रहे हैं आगे चल के भी ब्लैक और इनका भी कल बचा हुआ का तो ओवरऑल कैसा रहा आपका चार दिन तक बहुत बढ़िया का मीनस की आप बोल सकते हैं नहीं कहािशा से यहाँ तोड़ीसा ऐसी तो आपने सोचा था हार्डवेयर कैसा होगा सॉफ्टवेयर कैसा होगा कैसा होगा तो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो गया तो कैसा लग रहा है नारे और आपका जो सॉफ्टवेयर का जो फाइव टेक का जो टिक है वो तो बेस्ट किसी भी मोबाइल आए तो उसका फाइव टेक में हम लोग उसका सॉफ्टवेयर नहीं आनलोड करता सॉफ्टवेयर अनलॉक कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ये पॉसिबल है की नहीं? जी जी सर, तो रहा रहा तो, तो सर अच्छा, का कितने सालों से कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा तीन साल का एक्सपीरियंस और चार दिन का एक्सपीरियंस है तीन साल का और आज का एक्सपीरियंस आसमान और तो अब आप जो भी फोन आएगा उसको सही सहेली में दिद्ध दिद्ध दिद्ध दिद्ध दिद्ध यहाँ पे जो फोन हमने डेड भी किया था कि नहीं किया था उसको yes ऑन किसने किया था स्टूडेंट ने नहीं किया था की मैंने किया था ये लाइव देखा था आपने चलिए ठीक है थैंक यू सो मच यहाँ हमारे साथ एक स्टूडेंट और अपना नाम और आप कहाँ से आप उड़ीसा ऐसी अच्छा चलिए ठीक है तो आप हमें ये बताइए पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे करता था थो, थोड़ा बहुत कितने सालों से कर रहे थे सात साल साल से तो थोड़ा बहुत नहीं होता है बहुत कुछ होता है <laughs> उसके जो फंडामेंटल वो मालूम नहीं है फंडामेंटल मालूम नहीं है तो चलिए सात साल में कहा आप आपने फाइव स्टेप बताया उसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बहुत मिस कर कर कर रहे रहे रहे थे, मिस थे। मिस कभी कभी कुछ भी आया, भी आया आया फोन क्या कर रहे कब सो कर रहे कोई भी क्लियर नहीं था अब बताइए क्या अभी हाँ? सर मैं मेरे पास एक मोबाइल है तो मैं पहले फाइव करूंगा उसके बाद जो फाइव में तो हो जाएगा जॉब डाउन हो जाएगा अब उस सात साल का एक्सपीरियंस का अगर ये सात साल पहले जाते तो कहां पे हुँ? अभी तो मैं आत्वार्ण चुर। आत्वार्ण चुर। आत्वार्ण चुर। <laughs> तो मैं आसमान आसमान ओवरऑल आप छोटा सा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो आप सात साल से काम कर रहे हैं जो यहाँ पे जितने फ्रेशर स्टूडेंट आपने देखा तो उनको समझाने का तरीका सही है कि वो समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे जी सर आराम से फ्रेशर रहे तो बहुत जल्दी सीखी समझ पाए जो सात काम कर रहे उनको थोड़ा सा इजी मिलेगा और जो वो जो ट्रिक्स जी जी तो आपने वो मिला नया मिला आपका ट्रिक तो दो सेकंड का वाला है सेकंड सेकंड सेकंड में में हो जाएगा काम कमेंट भी आएगा क्योंकि पॉसिबल ही रहे नहीं है तो बोलता हूँ जो आज ने एक में जो हो गया वो वो मैं बोलता मैजिक, नहीं था। मैजिक था और भी एक मैजिक अच्छा एक और है, अपना नाम और कहा से आपस्थान अंकित राजस्थान ऐसी तो चलिए आप पहले काम करते थे अब वही सवाल अब भी प्रेसर है तो ओवरऑल कैसा रहा सोफ्टवेयर का सफर आपका बहुत बढ़िया रहा सीखने को मिला यहाँ पे जो आपने सोचा था वो सीखने को मिला चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहा राजमार <laughs> राजकुमार, राजकुमार राजस्थान से तो आप हमें ये बताइए राजकुमार जी कि आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं करता हार्डवेयर करते थे केवल सॉफ्टवेयर लगता था टफ है बिल्कुल लगता है अब कैसा लगता तो है बताइए आज बिल्कुल इजी इजी लगने लगा लग रहा है कुछ नई ट्रिक्स और यहाँ पे जो इनका सात साल का एक्सपीरियंस जैसा कि आपने सुना तो वो भी बोल रहे हैं कि, पे, तो मैंने जी एक था कि क्या आपको जो राजस्थान ऐसी देख रहा है, वो करना चाहता है रहा। तो आना चाहिए क्यों आना चाहते हैं यहाँ पे की प्रैक्टिकल बताते हैं हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहा से, वेस्ट से तो हमें आप हमें एक बात बताइए की आप यहाँ पे पहले सॉफ्टवेयर का, का, का काम थे कि ही नहीं करते है कुछ भी ऐसा का तो आप सॉफ्टवेयर करना है मार्केट का काम उठाना है कि नहीं, नहीं उठाना बिल्कुल उठाना है डर तो नहीं लगेगा डेड हो जाएगा अच्छा डेड हो जाएगा तो बना पाएंगे की नहीं बना ऐसा तो नहीं की हम फ्लैश करने डे जाए क्यूँकी सबसे बेडी चीज़ होती है फाइलों का नॉलेज फाइलों का डिटेलिंग मिलेगी नहीं यहाँ पे अगर हम बैंड्री की बात करें तो कितने मिनट में आप फाइंड फाइंड आउट आउट कर कर सेकंड सेकंड सेकंड में में पाओगे सर होगा नहीं होगा सर तो ओवरऑल कैसा आपका सॉफ्टवेयर का थैंक यू सो मच ठीक है तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और आप कहाँ से है अच्छा पंजाब से यहाँ तो चलिए आपसे भी एक ही सवाल कि आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में करता, नहीं करता था सोफ्टवेयर में जब से यहाँ चार दिन से बढ़ाई हो रही है समझ में आ रही है सॉफ्टवेयर का काम कहीं आपकेट में देते हो गए और बाहर का काम आएगा आपके पास आएगा जरूर आएगा सर बिल्कुल आएगा बाकी आप बोलते हो ना अभी बड़ी सी बात क्लू मिलना चाहिए अभी क्लू मिला है तो आखे खुल गई है तीसो के तीसो की खुल गई है सभी तो को मैं कोशिश करूंगा बहुत बढ़िया रहा सफर और चार दिन में लगा कुछ कर लेंगे तो ओवरऑल आपका सफर कैसा रहा इस सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़िया सर मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके दिए हुए ट्रिक और अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा उसको मैं 100% करके ये क्लियर करके दूंगा थैंक यू इनके लिए एक जोरदार ताली और इधर बैठते हो जाइए जिसका नंबर है मुझे लेकर तो मैं मैं तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और कहा से है जी। लगता सीखने में नहीं मिला थोड़ा तेज बोले जी जी जी तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे कि जो आपको स्टूडेंट देख रहा है वो है या टेक्निशियंस है आप अच्छा काम करते थे पहले जी सर हम तो ये कि था कर लेते थे मतलब और था जिसने एक, एक दो दिन थायर करना नहीं झेलना ये तो अभी सर बहुत रिलीफ मिल रहा की वो सारे ठीक है सर सेकंड का काम है जो कि मैंने लाइव भी दिखाया था कितने सेकंड में हॉनर के बदल थी सेकंड फोर्टी वन सेकेंड कितने सेकंड में ये लाइव प्रूफ मिला था कि ऐसे ही ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे जैसे मान बिल्कुल सर इतना है तो उनको क्या ऐसा लगा की आपको चार साल में कुछ नया मिला या? बहुत टोटली totally नया और जो एक सॉफ्टवेयर <coughs> हो या फिर हार्डवेयर हो इसी देखने का नजरिया चेंजन हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पे इतना हार्ड जो समझ रहे थे तो आप पहले काम करते थे आप बताइए नहीं है आपने चलाया था माउस हाँ कैसा लग रहा है अभी आपको सर मैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हर मोबाइल का सब शेयर कर रहा हूँ अच्छा यहाँ पे जितने दे रहे हैं। तो क्या सब फेक दे रहे हैं क्या नहीं सर कुछ अच्छा पुछ पुछ सर, सबसे रिव्यू लेना अगर मान लीजिए एक रिव्यू अगर हम लेते तो केवल एक दो रिव्यू ले सकते हैं ना यहाँ पे जो रिव्यू मिल रहा है क्या जेनुअन है तो आपका ओवरऑल कैसा सफर रहा अब आप अच्छा रहा अब आराम से कर लेंगे आराम से लें। मोबाइल से एक सेकेंड में एक सेकेंड में तो तो जी <laughs> तो कुछ कुछ चीजें सर मेरा तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा चार दिन में जितने आसानी से मैं सीख गया सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और अपना नाम बिहार ऐसी बिहार से अच्छा ये आप ये बताइए आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे कितने सालों से कर रहे थे साल बस बस आपसे दो दो ही सवाल सवाल। क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं है। वो साल का सफर और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होल्डर करायेंगे तो या। या। कुछ नया मिला आपको? चलिए, के जो फेसर स्टूडेंट है क्या वो सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे थैंक यू सो मच ये सर, थोड़ा मेरा नाम है आप यूपी से हैं। तो आप बताइए फ्रेशर थे या पहले से काम करते सर, थे मैं पहले से काम कितने सालों से कर रहे हैं? चार पांच साल चार पांच साल से काम कर रहे थे तो आपसे छोटा सा सवाल ये पाँच साल का एक्सपीरियंस और चार दिन का एक्सपीरियंस बताइए धरती आसमान का अंतर मतलब आप ये बताइए कहाँ पे फंस रहे हैं में जो फाइलों की मैचिंग होती है उसमें गड़ गड़ कर फाइलों तो की, की नहीं था तो उसमें अगर यहाँ पे बाईपास की बात करें अगर हम होनर की बात करें तो अभी सभी की करेंगे यहाँ पर जो पहले से मान लीजिए पांच साल से काम कर रहे थे क्योंकि अपडेट अपडेट होना अगर आप आप नहीं नहीं होंगे तो कभी भी आप आगे बढ़ नहीं नहीं नहीं सकते, नहीं सकते। था यहां, था। था। यहां जो जो ट्रिक वो दिया जाता है वो बहुत बहुत शॉर्ट मतलब का लंबा एक्सपीरियंस होता है चाहे वो हार्डवेयर का तो हो था चाहे था। वो सॉफ्टवेयर का हो चाहे आगे चल के थैंक यू सो मच आइए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम से है, और कहा सर मैं पहले तीन साल से काम कर रहा हूँ तो आप बताइए ये तीन साल का सफर और ये चार दिन का सफर सर बहुत डिफरेंस है मैं कुछ चीजें था जो फंस जाता था मैं अपने मार्केट में सबसे बेस्ट ऑर्डर मैं ऐसा नहीं लेकिन वो लोग मेरे पास लाते थे कराने के लिए लेकिन मैं फंस जाता था फाइलों में फंस जाता था या शॉर्टकट नहीं पता था यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत सी चीजें जो मैं फंस रहा था UMD, हाँ। जो कि केवल कुछ नॉर्मल यूज करते हैं सारा जाना प्रैक्टिकल मिला आपको हाँ सर जैसे फाइलों में क्लियर आ जाता था एफ आर पी में भी बहुत जाना पड़ता था शॉर्ट तरीका यहाँ पे मिला सर तो सब लाइव प्रैक्टिकल मिला जी सर फाइव मिला, मिला और जो आपने बताया आप तो, तो, आप तो आप तो झूठ बोलेंगे जी सर यहाँ पे पॉसिबल है देखा है जी सर क्या बोलना चाहिए जो पांच साल से काम कर रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए जो कर रहे हैं वो कैसे करते अपना नाम और कहा से अशोक जी आप हमें पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे बिल्कुल तो तो आप है? नहीं, नहीं अगर आपको अनलॉकिंग या फ्लैशिंग दे दी जाए जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका पांच साल का एक्सपीरियंस इनका चार, चार साल का एक्सपीरियंस तो ऐसा तो नहीं कि इनको अलग पढ़ाया गया आपको अलग पढ़ाया नहीं नहीं सबको साथ में सब पढ़ाया गया तो आपका क्या है नहीं, अच्छा बाकी आप कर लेंगे तो तो तो तो तो तो चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है और अपना नाम और कहाँ से विष्णु विष्णु जी आप बताइए पहले से आप काम करते थे या नहीं करते थे सात आठ साल का एक्सपीरियंस और ये चार दिन का एक्सपीरियंस है जबरदस्त मतलब क्या बहुत बड़े बहुत ऐसा जगह था जहाँ अपना हम लोगों को पता ही न काम क्या है जी जी भूल तो पड़े होते हैं लेकिन उसका नहीं पड़ता था क्या काम डर लगता था ये टाइप यूज करेंगे तो कहीं ये ना हो जाए जाए या तो फिर लोगों पे ना किया गया तो ऐसा तो नहीं कोई आ, मतलब फोन में आपको दिखाया। सारा सब अपडेट सब सब फोन ऐसा तो नहीं की केवल जो भी नॉर्मल फोन है उसमें दिखाया गया सारा नया जिनके पास टूल पड़े हुए हैं और जिनको यही आप दो तीन साल पहले ज्वाइन कर लेते तो अभी तो बोलना नहीं होता होता है तो ओवरऑल आप इनकी हंसी से देख सकते हो आपको कुछ नया मिला बहुत नया मिला आप ऐसा तो नहीं झूठ या फेक हुए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है आपका नाम और आप कहाँ से मेरा नाम यशपाल पंजाब पंजाब से तो चलिए आपसे भी वही सवाल कि आप पहले काम करते थे आप फैसर थे तो तो साल हो काम अच्छा चलिए यहाँ पे चार साल यहाँ पे पांच साल और तो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं यहाँ तो अच्छा पेनियर भी है तो आप ये एक बात बताए यहाँ पे जो भी रिव्यू चल रहा है वो फेक है सब जेनुअन है कोई भी बंदा कोई भी यहाँ पे सारे स्टूडेंट का रिव्यू ले सकता है ले सकता है तो वो कब करेगा आउटपुट देगा आपको किसी का तो नहीं पता यहां पे ले सकते हैं जो स्टूडेंट थे तो उनको एक सही गाइडलाइन सिखाया गया टाइम टफ में सर गाइडलाइन जो थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल एक बात मैं कहना जोरदार ये बोला जो है की जो दस साल में हम काम कर रहे थे वो आपको चार दिन मिलेगा ये आप बोलना चाहते हैं बिल्कुल राइट है अच्छा। जोरदार चलिए तो अपना नाम हो रहा है अच्छा बेंगलोर से तो बैगलोर में भी कॉलेज सारे इंस्टीट्यूट वो तो अलग बात है तो आप हमें एक बात बताइए कि हम हाँ पे आपको कितने सालों से काम कर रहे फसल थे चार पाँच साल में काम कर रहे थे तो क्या काम कर रहे थे आप कहाँ फंस रहे थे सर ये आप जो, जो, जो स रह तो क्या रहा आपको कुछ नया मिला की नहीं, नहीं मिला? सर बहुत कुछ नया मिला बहुत कुछ नया मिला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नहीं सर सब ट्रिक चाहिए और हमारे हाँ। साथ तो तो तो बोला चाहूंगा की कपड़े की दुकान से स्विच करके मोबाइल फील्ड में आए क्यूँकी देखिये ये एकदम फ्रेशर थे तो अगर आप मैं कहूँ की आपको सॉफ्टवेयर का बेसिक जो था सारा कंसेप्ट जैसा की अभी उन्होंने बताया की दस साल का एक्सपुर आपको चार दिन में मिल गया तो आपको समझ में आया की नहीं आया आया समझ में अभी आप कर लेंगे का हो कैसे करना है लॉक करना है पूरा मालूम है कर लेंगे जो कुछ नहीं आएगा तो नोट में लिखा है नोट में नोट लिखा, नोट लिखा है लिखा है अभी में लास्ट में एक मैंने शॉर्टकट दवाई दे दी कि नहीं दे दी है चलिए चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ और है अपना नाम अच्छा, आप से अच्छा मैं सत्यम जी बताइए आप फ्रेशर फ्रेशर फ्रेशर थे थे थे या पहले काम काम करते बिल्कुल अभी भी भी है है है नहीं नहीं तो नहीं तो पे जो आपको थैंक यू सो मच हमारे साथ महाराष्ट्र इंद्र आप हमें ये बताइए कि आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे या नहीं कर थोड़ा बहुत जानता था कितने सालों से कर रहे हैं? तीन साल तीन साल का एक्सपीरियंस और चार दिन का एक्सपीरियंस से है। बहुत कुछ सर आपने जो पढ़ा पढ़ाया उसमें जो बताया में जो और ये पार्क की का जो बताया आपने कि एक से कैसे फोन फोन को डायग्नोस करता है हमने क्या क्या करते करते करते जब में जाता था तो हम थे थे थे फाइल चेंज नहीं करते थे? सोचते हो थे हो गया वो हो गया वो अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली है भाँ? नहीं सर एक अभी तो आपने जो का बाइनरी नंबर है।, तो है।, है आपको कुछ नया मिला आपको जो देख रहे हैं तो क्यों ज्वाइन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी का काम कर रहा है उसे तो तो पूरा करना तो, लेना है तो, इसके करना। so तो हमारे साथ आसाम से है तो आप पहले काम करते थे अब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसा लग रहा है अगर देखिए जो आउटपुट निकलता है, है तो बेसिकली आप कर पाएंगे आप कहीं भी फंसेंगे तो मेरा एक वादा है हमेशा आपके साथ कंटिन्यू यहाँ पे ढाई बजे रात अगर आपने दो बजे रात को मैसेज किया तो ढाई बजे आपको उसका सोल्यूशन मिला था की नहीं मिला था नहीं मिला था चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक्सटेंट हो रहे थे या नहीं कर? कर। कितने सालों साल से कर रहे दो साल से कर रहे थे तो दो साल में कहा फंस रहे थे आप एन टीके का जो ड्राइवर रेडर था कितने समय में हमने फाइंड आउट कर लिया बताइए एक मिनट फाइंड आउट कर लिया वो इरा फाइंड आउट कर लेंगे भी।, भी सर। कभी विंडो का प्रॉब्लम आएगा तो उसे कर लेंगे अभी तो ओवरऑल अगर आपको कोई देख रहा है वहाँ पे तो क्या बोलना चाहेंगे फ्रेशर स्टूडेंट क्या कोई दस साल पांच साल से कर रहे हैं काम क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए यहाँ पे सर एंजलेस काम होता है सर जो आप कर रहे हैं काम जी जी वो पूरा जीरो नॉलेज का है उनके पास टूल तो है सर लेकिन टूल का नॉलेज नहीं है उनके पास जी जी अभी ओवरऑल आपका सफर कैसा रहा इजाजत है बेहतरीन सर बहुत बढ़िया बेहतरीन द चलिए थैंक यू सो मच चलिए एक साथ सभी लोग बैठ जाइए फटाफट से लास्ट थ्री मिनट अभी बैठे हुए बुलाओ शुभ दिन पूरा पूरा लास्ट में सभी को मैसेज नोट लास्ट लास्ट वाले भी कहीं चलिए वो दिखाइए नोट्स सभी लोग बैठ के बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए आ जाइए बैठिए फटाक से वो नोट्स इसको कट करके लाओ